हमारी तो कम रहती हमेशा पर यार जिसकी ज्यादा भी है वो यार क्या कर रहा है तुम्हें पकड़ के थोड़ी ना तुमसे पैसे मांग रहा है मैंने देखें यार पागल बच्चे जाके कमेंट करेंगे तुम तो पैसा ले रहे हो बहुत सारा अमीर बनना चाहते हो तो वो गलत क्या कर रहा है वो पढ़ा रहा है वो पैसा मांग रहा है तुम्हें वो उस कैलिबर का लगे तो उसको पैसा दो कोई भी ऑर्गनाइजेशन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मान लो कि बीस चालीस है तो चालीस का वो मटीरियल भी दे रहे हैं मतलब मेरी लागल नहीं है तुमको लगता कि मैं तुम्हें अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा कि वो गलत कर रहे हैं गलत आप कर रहे हो वहां जाकर कॉमेंट करके अरे आपको नहीं मतलब उनकी तरफ देखोगी मतलब कोई आपको ऐसे पकड़ के थोड़ी ना लाएंगे चलो खरीदो तो बेकूफी है वहां जाके कि हम गरीब एक तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता मैं एकदम तो सच बोल रहा हूँ सुन लो तुम लोग कड़वा सच मैं तो बहुत ही ज्यादा ऑनस्टली बात करने लग गया हूँ मैं तो तुमको क्या मैं झूठ इत निकला बेटा मैं गरीब हूँ होना बुरी बात नहीं है बेटा मैं बहुत गरीब था मैं बहुत ज्यादा गरीब था अपनी पानी फोटोसम को शेयर कर दूँगा फेसबुक पर इंस्काल करके देखना मैं वीडियो देखना मैं बहुत ज्यादा गरीब था मैं गरीब हूँ होना खराब चीज नहीं है पर दुनिया में जाकर इस बात का ढेंडोरा पीटना कि मैं गरीब हूँ साहब मैं गरीब हूँ साहब तुम लोग गरीबों को लूट रहे हो तुम लोग ये कर रहे हो यह बेकूफी है इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक इफ यू इट्स योर मिस्टेक भाई आप गरीब हो मैं भी गरीब था मैं आगे पे थोड़ी ना बोला कि मैं गरीब हूं सब्सक्राइब करो मैं गरीब हूं उससे पढ़ लो जो आपका टैलेंट है जो आपका काम है उससे आगे बढ़ो भाई हर जगह जाकर मैं गरीब मैं हूं मेरे को या फ्री में दे दो या इतना महंगा कोर्स कैसे बेच रहा है आप पैसा या जीवन में तुम भी पैसा कमाओगे पैसा कमाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है लाइफ में तुमको लगता है मैं पैसा नहीं कमाना चाहता ऐसा कुछ नहीं है यार पैसा कमानाई बुरी बात नहीं लाइफ में बहुत बड़ा मोटीवेशन होता है पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन पैसा गलत तरह से कमाना बहुत गलत बात है पैसा गलत तरह से कमाना कुछ गलत करके कमाना वो गलत चीज है पैसा कमाना कोई गलत चीज़ नहीं है ऑफ इंसान को वेल्थ बनानी चाहिए अच्छी वेल्थ बना चाहिए, चाहिए मको मैंने, मैंने हमेशा कहा कि हमें से हर किसी को जीवन में अमीर बनाए हमें से हर किसी को जीवन में अमीर बनना चाहिए ताकि उसको ये रिलाइज हो कि पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं होता है बट वो रिलाइज होने ली आपको पहले अमीर बनना पड़ेगा पहले आपको पैसा पड़ेगा आपको बन पड़ेगा जिम क्या बोलता है आप मूवी एक्टर जो कहो आगे बढ़ते हैं चलो बसवास हो गया